पायल, पायल, पायल हजारों रूपये में आती है पायल हजारों में आती है, पर पैरों में पहनी जाती है, और बिंदी एक में आती है मगर माथे पर सजाई जाती है, इसलिए मायने नहीं रखती, उसका मायने रखी एक बार इंसान ने कोयल से कहा तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती सागर से कहा तेरा पानी खड़ा ना होता तो कितना अच्छा होता गुलाब से कहा तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता तब तीनों एक साथ बोले हे इंसान अगर तुझ में दूसरों की कमियां देखने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता